subscribe now and press the bell icon never miss an update maine chani ishq ki gali bas teri aate mili maine chaaha chaahoon na tujhe par meri ek na chali ishq maine ga dil ki manas